भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के साथ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे सर्विस मीट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अफसरों को संबोधित करते हुए देश के प्रति उनके जज्बे और समर्पण को सराहा भोपाल के कुशा ठाकरे सभागार में आई सर्विस मीट का सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया और पुलिस अफसरों को संबोधित करते हुए कहा की मुझे याद है दो अधिकारी थे जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं और तब उनको बुलाकर बातचीत हुई थी कि डकैती कैसे खत्म करें। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी जिनके नाम हम तय करें वही पोस्ट हो और उनके काम में कोई इंटरफेयर ना करे शिवराज ने कहा मुझे अच्छी तरह याद है दोनों जोन में से एक जगह को भेजा गया था और दूसरी तरफ से यादव जी को भेजा गया था और कह दिया गया था की टीआई के लिए तय कर ले और वहां पर जिसकी जरूरत है वो ले लें जो उन्हें मांगे वह दे उसके बाद साल भर भी नहीं लगा होगा छह महीने के अंदर सारे डकैतों के गिरोह समाप्त हो गए और तब से आज तक पन पे ही नहीं वहीं आईपीएस सर्विस मीट के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे पहले कहीं न कहीं कुछ न कुछ आतंक था मालवा में सिमी का नेटवर्क था तो वहीं बालाघाट में नक्सलाइट था और फिर सिंगम जैसा अवतार सीएम शिवराज सिंह चौहान का हुआ मिश्रा ने कहा आपको जानकर अचंबा होगा की आज मध्य प्रदेश में एक भी संगठित गिरोह नहीं है, है जहाँ किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ आतंक था हजरत का हन्नी का रामबाबू का दयाराम का निर्भय का जगजीवन का ठोकिया का ददुआ का मालवा में सिमी का नेटवर्क था तो बालाघाट में नक्सलाइट का था और फिर लगभग सिंघम जैसा अवतार सीएम का हुआ और आपको ये जान के अचंबा होगा कि आज मध्य प्रदेश में एक भी संगठित गिरोह है ही नहीं तो मुझे ही बात यही थी कि जिनके नाम तय करें वो पुष्ट हो जाएंगे और उनके काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो तो मुझे अच्छी तरह याद है दोनों में एक जगह सरबजीत सिंह को भेजा था एक जगह विजय यादव जी को भेजा था और कह दिया था कि तो थी आई, थी था। जो टी आई टी आई चाहिए तय कर जो चाहिए पहले और जो उन्हें मांगे वो दे दिए मुझे लगा साल भर भी नहीं सिक्स मंथ सारे